मैं दिन के दिन मैं बहुत खुश हूँ आपके कमेंट आएंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता बस यही कहना है आपका कमेंट आए मैं अपनी ब्याह के बारे में आपको बताता हूँ कि मैं से प्यार में हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ